अगर आपकी सोच मजबूत है तो सपनों की कोई सीमा नहीं होती अब्दुल कलाम इफ यू थिंकिंग इज स्ट्रॉन्ग देर आर नो बाउंड अब्दुल कलाम हार नहीं मानना चाहिए सिर्फ नया तरीका ढूंढना चाहिए आमिर खान डोंट एक्सेप्ट डिफीट जस्ट फाइंड ए न्यू वे आमिर खान कामयाबी वो ही लोग पा सकते हैं जो ना तो सोते रहते हैं और ना ही छुट्टी लेते हैं अब अब्दुल कलाम सक्सेस केन ओनली बी अचीव बाई दो स्लीप नॉट होली पी जे अब्दुल कलाम हर बुरी घटना में एक नई अवसर होता है जो आपको सीखने का मौका देता है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंदर इज अपर्चुनिटी स्वामी विवेकानंद अपने सपनों को धुम से नहीं बल्कि जोश से नकारते हैं लोग दृढ़ता पराधीन पीपल आर नॉट डिफीटेड बाई डार्कनेस बट बाय लैक ऑफ एंथम टूवर्ड्स पराधीन असफलता एक नई शुरुआत की और एक कदम होती है आपकी सफलता की और रविन्द्र टैगोर Failure is a stepping stone towards a new beginning and success. Rabindranath Tagore. Agar aap sahi disha mein nahi ja sakte hain to tab apni disha badlein par apni soch nahi. Jim Rohan. If you can't change the direction change your path but not your mindset. Jim Ron. Takat aur safalta aapke bheetar hai. Aapko use khojne ki zarurat hai. Swami Vivekananda. Strength and success are within you. You just need to discover it. Swami Vivekananda. जीवन में सफलता पाने के लिए आपको पहले खुशियों का उपयोग करना सीखना होगा रॉबर्ट ब्रेस्ट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू यूज एक समय अवसर नहीं होता है इसलिए जब आपके पास एक हो तो उसका बेहतरीन उपयोग करें अनुजा चौहान अपॉर्चुनिटीज डू नॉट कम ऑल द टाइम सो वेन यू है बेस्ट यूज ऑफ इट अनुजा चौहान कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को पूरा करते हैं रजनीकांत ट्रांसलेशन समीपल ड्रीम एंड पीपल मेक दो रजनीकांत हार मानने से पहले एक बार और लड़ो क्योंकि जीत बहुत नजदीक हो सकती है आमिर खान फाइट वंस मोर बिफोर एक्सेप्टिंग डिफीट बिकॉज विक्ट्री में बी जस्ट अराउंडर आमिर खान